हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नई जॉब की डिटेल लेकर तो एक इन्फॉर्मेशन है अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन uh, है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बेलाइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला आप सभी के लिए तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों तो दैनिक भास्कर भास्कर की तरफ से बड़ी अपडेट है एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो एस पी का इस्तीफ़ा लिखा गया है चौदह वर्ष में वर्किंग कल्चर में लगातार गिरावट देखी गई तो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे तो उस पर तरीका उनका सही नहीं था, था। इस वजह से उनको अब इस्तीफ़ा दिया जाएगा उनका 14 वर्ष की ड्यूटी देने के बाद तो पूरी खबर देख लेते हैं एक बार क्या आई है एसपी पी डीएसपी डी समेत सीनियर अफसरों ने सीधी चुप्पी साध ली है और हमें जानकारी नहीं है इस तरीके से उन्होंने सभी चीज़ें बोली हैं ठीक है दोस्तों पंचकूला में लाखों की धोखाधड़ी और अवैध वसूली में खुलासे के बाद एस विजय नेहरा शनिवार को डीसीपी दफ्तर में इस्तीफा दे दिया कुछ अधिकारियों ने नेहरा को मनाने का प्रयास भी किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया वो नहीं माने ठीक है दोस्तों लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने से मना कर दिया और हाँ नहीं गया और अपनी ड्यूटी पर वो वापस नहीं गए हालांकि पंचकुला में सीपी व डी डी दी। ने इस्तीफा को पुष्टि नहीं की है पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने कहा है कि अभी तक ए का इस्तीफा मेरे पास नहीं आया है गौरतलब है कि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा ए गुरमेज के फरार होने पर एस पी विजय नेहरा ने जवाब तलब किया गया है ठीक है दोस्तों तो ये एक अपडेट है और एस ने कहा है कि निकट भविष्य में सुधार नहीं होने का विश्वास है ये एस पी विजय नेहरा ने इस्तीफा में लिखा है तीन अक्टूबर दो को हरियाणा पुलिस में एक इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुआ था ठीक है तो 2008 में ये भर्ती हुई थी तो इन्होंने ये ज्वाइनिंग की थी और 5 अगस्त 2020 को डी के पद पर प्रमोट हो गए थे और चौदह वर्षों में मैंने वर्किंग कल्चर में लगातार गिरावट देखी है विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे आश्वस्त किया है कि कानून व नियमों के ज जनादेश के अनुसार काम करना लगभग असंभव है ठीक है तो दोस्तों तीन का मानना है के कानून ने जिस तरीके से रूल होते हैं उस तरीके से काम करना वो बेकार है कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का और लगभग असंभव है क्योंकि हर कोई अपनी व्यवहारिक बाधाओं को जाने बिना पुलिस के तत्काल परिणाम की उम्मीद करता है ठीक है दोस्तों पंचकुला में कई पुलिस स्टेशन में कर्मचारी कम हैं और नियमित व अनुभवी एस के बिना चल रहे हैं कुछ मामलों में उन निरीक्षकों को एस के रूप में नियुक्त करने का व्यवस्था भी की गई है और अपडेट है जो सेवा निर्मित के करीब हैं जिन्हें पुलिस थानों के कामकाज का बहुत कम व्यावहारिक अनुभव है इसके लिए परिणाम स्वरूर नियमित कार्य ठप हो गए हैं और कर्मचारी अत्यधिक मनोबलित व अत्यधिक तनाव में है इस कारण कोई इंस्पेक्टर एस एच के पद पर तैनात होने को तैयार नहीं है तो ठीक है दोस्तों तो सीधा सीधा ये पता लगता है कि जो ये नेहरा साहब हैं ये अपनी वर्किंग से खुश नहीं है और 14 साल की वर्किंग के बाद ये अपना इस्तीफा यहाँ पर डालने वाले हैं ठीक है तो इनको इस तरीके से काम करने का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इस तरीके से ये इस्तीफा डाल रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाना ना भूलें